असलमक सिर्फ एक दफ़ा डिज़ाइन करना है और बार बार पैसे कमाने हैं अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो कोई ऐसी स्किल जहां पर सिर्फ आपको एक दफ़ा काम करना पड़े और बार बार आप लोग पैसे कमाओ बार बार मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ़ एक दफ़ा कोई चीज़ दे दी किसी को और उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे जैसे गूगल एट्स अब उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग एक दफ़ा कंपेन रन करते हो लेकिन उसका जो डाटा है वो आप लोग यूज़ तो कर सकते हो लेकिन वो इतना ज़्यादा कार नहीं होता है बाद में लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आप लोग सीख कर आप लोग इसकी कोई भी कैटेगरी पकड़ सकते हो लाइक थंबनेल डिज़ाइन यू आई डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग हो गई ऐप डिज़ाइनिंग के कुछ लेआउट हो गए मतलब कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की के आप कैटेगरी पकड़ लें आप लोग उससे बार बार पैसे कमाओगे तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी ग्रा... जहां पर आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स को बेचकर बार बार पैसे कमाओगे मेरा नाम है जैनवान आप लोग देख रहे हो टेक टेकबाबील यूट्यूब चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइन्टी तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँगी यहाँ पर काम क्या है फाइंड अ डिज़ाइनर इंस्परेशन स्टूडियो हाउ इट्स वर्क कैटेगरीज तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज के अंदर जाएंगे अब कैटेगरीज के अंदर जाना क्यों ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग क्या चीज़ बेच सकते हैं तो नंबर वन पे हमारे पास है गेट योर बिजनेस ऑनलाइन यानी कि वेबसाइट बिल्डर्स तो यहाँ पर आप लोग ऐप लेआउट बना सकते हो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा जो इसकी फेवरेट या टॉप ट्रेंडिंग जो इसकी निश है ना इस वेबसाइट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो इस चीज़ का है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के जो वेबसाइट ये आप लोग देख रहे हो इस तरह का लेआउट और डिज़ाइन करना क्योंकि जो लेआउट होते हैं ना यानी कि यूआई यूएक्स एंड डेवलपर अगर मैं आपको आसान लफ्सों में कहूँ डिज़ाइनिंग और डवेल्पमेंट दोनों अलहदा आलदा चीज़ें हैं तो कोई भी चीज़ सबसे पहले ना डिज़ाइन होती है उसके बाद उसको डेवलप किया जाता है तो ये है डिज़ाइनिंग वाला पार्ट तो यहाँ पर देख लो आप लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हो वेब एंड ऐप डिज़ाइनिंग बिजनेस एडवरटाइजिंग बना सकते हो क्लोथिंग एंड मैं यहाँ पर क्लोथिंग के ऑप्शन है हमारे पास आर्ट्स एंड एलिस्ट्रेट के ऑप्शन है पैकेजिंग एंड लेबल के ऑप्शन है बुक्स एंड मैगजीन के ऑप्शन है हमारे पास लोगो ब्रांड आडेंटी पैक तो यहाँ पर देखें फ्रॉम यूएस एस तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि कितने कितने लोग चार्ज कर रहे हैं तो ये तो हमारी एक बेसिक कैटेगरी हो गई अब हम लोग चलते हैं फाइंडर डिज़ाइनर के ऊपर अब ये डिज़ाइनर का काम क्या है ये जो डिज़ाइनर है यहाँ पर जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने स्किल्स को इनहेंस करने के लिए यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है उसको अपलोड करते हैं तो इसकी जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज वो ये आपके सामने हैं आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पर देखो लोगो एंड आइडेंटी डिज़ाइन ये टॉप लेवल का है यहाँ पर देख लो ये टॉप लेवल के हैं और इन लोगों ने ये चीज़ें डिज़ाइन की है ये टॉप लेवल के जो डिज़ाइनर हैं वो आपको यहाँ पर शोर हैं तो ये तो रही हमारी एक बेसिक्स बात लेकिन यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर देखेंगे कैटेगरीज कैटेगरीज के अंदर भी आपको अगर क्लिक करो तो सब कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है लैंगवज़स अगर आप लोग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो तो इंग्लिश फ्रेंच जर्मन इटालियन करियन स्पेनिश इस तरह की चाइनीज़ लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज़ शो हो जाते हैं इसी तरह टॉप लेवल मिड लेवल इंट्री लेवल तो यहाँ पर आप लोग सेलर जो डिज़ाइनर उनको भी फाइंड आउट कर सकते हो तो सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा तो हम लोग साइनअप करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे अब ये नाइन्टी नाइन है क्या तो हम लोग यहाँ पर सर्च भी कर लेते हैं What is नाइंटी नाइन नाइंटी नाइन डिज़ाइन यहाँ पर देखे नाइंटी नाइन डिज़ाइन इज अ मेलबेरियन आई थिंक मैं गलत परनाउंस कर रहा हूँ सॉरी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी of operators a freelance platform for continue graphic designing and clients. The कंपनीज was फाउंड फाउंडिंग uh, जो जो कंपनी फाउंड हुई है वो दो हज़ार अठारह के अंदर फाउंड हुई है एंड हैज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑफिस इन अक्लैंड या कैलिफोर्निया के अंदर इनके जो ऑफिस वगैरह हैं मीनिंग इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो इसके लिए सॉरी तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में आप लोग देख सकते हो तो आप लोग एज़ अ फ्री ग्राफिक डिज़ाइनर अगर काम करना चाहो तो ये वेबसाइट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो अभी हमें साइनअप करना है तो साइनअप करने के लिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम वग़ैरह भी दे सकते हो या आप गूगल के साथ भी साइनअप कर सकते हो जो मैं प्रेफर करूँगा वो है गूगल के साथ साइनअप करना तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ एंड यू कैन सी मैंने साइनअप कर लिया है और ये आप मुझसे पूछ रहे हैं लेट्स बिगनिंग यूर जर्नी विद नाइनटी नाइन डिजाइन आप क्या आई नीड समथिंग डिजाइन या आईमा डिज़ाइनर तो आप लोग क्या हो ऑबियसली हम लोग एक डिज़ाइनर का काम करना चाहते हैं तो हम लोग आइमा डिज़ाइनर के ऊपर जाएंगे और सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके इंटरनेट के ऊपर वैरी करते हैं कि आप लोग कितना टाइम लगेगा इस वेबसाइट को ऊपर लोड होने में और जितने भी आप लोग पेजेस देख रहे हो ना इन सब को एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है यानी कि एक यू आई यू एक्स डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं और अगर आप लोग UI और UX डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं आपको दो सॉफ्टवेयर प्रेफर करूंगा एक है हमारे पास Adobe XD दूसरा आप लोग Figma को भी यूज़ कर सकते हो ये हमारे पास Figma सॉफ्टवेयर है एक यहाँ पर आप लोग Figma सर्च करोगे तो ये ऑनलाइन टूल है यहाँ पर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो और मजे की बात यह है कि आपको देखने देखने टूल्स देखने को मिल जाते हैं आपको प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं फिगमा के अंदर जो आपका काम आसान कर देते हैं इसी तरह अडो एक्सडी के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स देखने को मिल जाते हैं अडोबी का प्रोडक्ट है यहाँ पर फिगमा के बारे में आप लोग देख सकते हो इसके बारे में एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए तो अभी हम लोग क्या करते हैं हमें अपना अकाउंट ये हमारा रेडी हो गया अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अर्निंग वाला सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको अर्निंग वाला सेक्शन दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पर देखें आप लोग योर अर्निंग बैलेंस इज़ बिलो 25 डॉलर मतलब अगर आपके 25 डॉलर हो जाए तो आप लोग पे आउट ले सकते हो ठीक हो गया ये तो आपके मैंने आपको दिखा दिया कि भाई कितने पैसे मिलते हैं बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया भाई 25 डॉलर होने ही चाहिए इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अकाउंट सेटिंग की तरफ़ और मैं जो ई वगैरह होंगे वो मैं छुपा दूंगा और यहाँ पर देखें प्रोफाइल है एडिट वगैरह करनी चाहो फ़ोन नंबर दोगे आप लोग एड्रेस वगैरह देना चाहो तो द, दे लो लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे परफेक्ट लैंग्वेज कौन सी है आपकी इसी तरह वीज़ा प्रिंटिंग तो यहाँ पर एड, एडिट अकाउंट डिटेल्स इसी तरह यहाँ पर पोर्टफोलियो आप लोग पोर्टफोलियो को बनाओगे और यहाँ पर आप लोग अपने डिज़ाइन को अपलोड करोगे भाई आपने क्या गुल खलाएँ हैं आप कितने होनहार डिज़ाइनर हो तो वो आप लोग यहाँ पर अपलोड करोगे योर लेवल यहाँ पर आपका जो लेवल होगा वो आपको शो हो होगा और इसी तरह प्रोफेशनल बैकग्राउंड तो आप लोग फ्री फ्रीलांसर काम करोगे यहाँ पर इसके अलावा मैं आपके साथ फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी तो यहाँ पर अगर कोई आपकी वेबसाइट है सोशल लिंक्स हैं वो भी आप लोग दे सकते हो इस तरह एक्सपीरियंस एंड आपकी जो स्किल लेवल है उसे भी आप लोग ऐड कर सकते हो लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे मुझे एज अ करियर तो इतने साल नहीं हुए लेकिन समथिंग एक्सपीरियंस एक दफ़ा मैं ऐसे ही लगा देता हूँ लेकिन ऑलमोस्ट मुझे पाँच साल तो हो गए थाउनल डिज़ाइन करते हुए इतने अच्छे भी नहीं बनते लेकिन तो जाहिर है ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मैंने पाँच साल का लगा दिया आप लोग चेंज कर सकते हो बाद में चेंज भी हो सकता है तो आपकी स्किल क्या है आप लोग ओबियसली मैं वर्ल्ड के ऊपर भी काम कर सकता हूं विक्स के ऊपर भी एंड वो कॉमर्स भी मुझे थोड़ा बहुत आता है लेकिन मैं जो प्रेफर करूंगा वो शॉपीफाई होगा क्या करें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है तो हम लोग वर्ल्ड को भी सिलेक्ट करते हैं सम experience वन और फोर फोर साइट ओके तो ये हमें कह रहा है कि आपने एक से चार वेबसाइट क्या डिज़ाइन वगैरह की है। हम हैं हम लोग लगा देते हैं बाद में अगर आप लोग अगर आपको कोई यू नो कहे कि हमें अपना पोर्टफोलियो सेंड करो तो यहाँ पर आप लोग वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस वर्ल्ड प्रोजेक्ट इस तरह सर्च कर सकते हो आप लोग एंड आप लोग इमेजेस के ऊपर जाओगे और यहाँ पर आपको वर्ल्ड प्लस के बारे में जो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसी तरह अगर आप लोग आल के ऊपर आओगे तो यहाँ पर 23 टाइप्स ऑफ वेबसाइट यू कैन मेक तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हो ठीक हो गया अभी हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर चलते हैं समथिंग एक्सपीरियंस एक और लगा देते हैं के एक से चार वेबसाइट डिज़ाइन किए हैं सिलेक्ट एक्सपीरियंस इसी तरह आप लोग विक्स का भी दे सकते हो यहाँ पर एक से चार इसी तरह अगर आप लोग मजीद एड करना चाहो तो आप लोग इनको भी ऐड कर सकते हो इसी तरह आप लोगों ने इसे सेव कर लेना है तो ये हो गया आपका आपकी सेविंग हो गई या आपकी स्किल्स वगैरह आ गई इसी तरह नो सोशल लिंक प्रोवाइड अगर आप लोग लिंक् सोशल लिंक एड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो वो कैसे करेंगे यू you नो know, मैंने ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट्स हैं थोड़े से तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ टेक अब अभी और ओबली मेरा YouTube चैनल ओपन हो गया है तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहती हैं हमारे सात सौ छहत्तर सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और हज़ार सब्सक्राइबर हमारे कम्प्लीट करवा दें थैंक्स तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं ये हमारा सोशल लिंक हो गया इसको हम लोग सेव कर देते हैं ये देखें YouTube, ठीक हो गया इसी तरह हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट सैंपल के ऊपर तो यहाँ पर अपलोड सिक्स टू ट्वेल्व सैंपल ऑफ वर्क डेट बेस्ट लाइक रिप्रेजेंट योर स्किल्स तो यहाँ पर आप लोग ने बारह से बारह सैम्पल आप लोग अपलोड अप कर दें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वर्ल्ड प्रेस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी आपकी जो कैटेगरी है आप लोग वो सेलेक्ट कर सकते हो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर अकाउंट साइनअप किया यहाँ पर आपको जो छोटी बहुत सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम फ़ोन नंबर वगैरह एड वगैरह करना कर लेंगे लेकिन वेरीफिकेशन करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहे हैं 99 नाइन प्रोफेशन मेक ओके आईडी डी हेल्प योर अकाउंट पेमेंट तो यहाँ पर हमें अपनी पेमेंट के लिए गेटवे के लिए इस चीज़ को सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए हमें लर्न मॉड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा सर तो उसके लिए आप लोग इसकी ये आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हो कि किस तरह से आप लोग पेमेंट वगैरह ले सकते हो यहाँ पर कौन सी वेरीफिकेशन है इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्या है वो आप लोग इसको यहाँ पर रीडअप कर सकते हो वेरीफाई योर आई तो यहाँ पर देखें हाउ योर आई डी लाइक योर आई डी हेंडी डेट यू विल टेकन टू योर आई डी तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे यहाँ पर देखें ये आपको बता भी रहा है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपका जो पासपोर्ट है ये पासपोर्ट आपका अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप लोग दे सकते हो इसी तरह पासपोर्ट वो भी दे सकते हो आई डी कार्ड इस सर टेक अ फोटो ऑफ़ योर फेस एक फेस की फ़ोटो चाहिए आपको इस तरह की तो वो आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी इसी तरह प्रोसेसिंग जितनी भी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी यूर वेरीफ़िकेशन जैसे आपकी वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो आपको आपकी जो पेमेंट वाला सिस्टम होगा वो ओपन हो जाएगा बाद में आप लोग बैंक्स ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें कह रहा है स्कूल आईडी नहीं चलेगी एम्प्लॉयर आईडी नहीं चलेगी टम्प्रेरी आईडी नहीं चलेगी बैंक क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस कार्ड भी नहीं चलेगा उनको भी इन लोगों ने पैन किया हुआ है एसोसिएट डॉक्यूमेंट टाइप बाय कंट्री तो यहाँ पर देखें आपके जो कंट्रीज़ के हिसाब से ना आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर कम्प्लीट लिस्ट एक देखने को मिल जाती है आप लोग वो देख सकते हो लाइक अगर हम लोग पाकिस्तान को ढूंढे तो शायद हमें देखने को मिल जाए अभी ये मैं इतना लंबा प्रोसेस आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको पेमेंट का जो सिस्टम है वो सारा का सारा क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर देखें गवर्नमेंट इशू आई डी, डी कार्ड चाहिए या पासपोर्ट इन दोनों में से अगर आपके पास है आप पाकिस्तान के अंदर हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर आप लोग इंडिया से हो तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट को ऊपर देख देख सकते हो तो ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी इसी तरह कैन नाट वेरीफाइड माई आई अगर आपकी आई डी वेरीफाई नहीं होती है तो उसका क्या, क्या प्रोसेस है वो भी देख सकते हो भाई इन लोगों ने कह दिया कि फ़ोटो क्लिन होनी चाहिए अच्छी क्लियर फोटो होनी चाहिए अगर आपकी तो वही आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेरीफाई होंगे तो अगर आप लोग जैन मैन में अच्छे तरीके से सही तरीके में पैसे कमाना चाहते हो फ्रीलांसिंग करके तो गुरु 99 नाइन या नाइन्टी ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरा नाम है जैन आप लोग देख रहे थे टकअिल यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग